मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनावी मोड में हैं बुधवार को उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय अपने इलाके में देने को कहा मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि संत रविदास जयंती 5 फरवरी से प्रदेश भर में विकास यात्राएं शुरू होंगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ऐसी लौटते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग कर विकास यात्रा को लेकर चर्चा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा कि विकास यात्रा में अधिक से अधिक एरिया कवर हो विकास यात्रा के पहले एक बार दो दिन के दौरे मंत्री जरूर करें। विकास यात्रा हमारे काम को जनता के बीच ले जाने का प्रयास है विकास यात्रा और दौरे प्रभावी हो यह हमारी प्राथमिकता है विकास यात्रा पाँच फरवरी ऐसी पच्चीस फरवरी तक चलेगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का